हेलो भाई लोग तो कैसे हो आप सब लोग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया होंगे भाई लोग आज मैं आपके लिए दो नए इवेंट की डिटेल लाया हूँ जो कि हंड्रेड परसेंट अपकमिंग इवेंट है जो कि आपको बहुत ही जल्द आपके फ्री फायर गेम में दिखने को मिल जाएंगे जी हाँ भाई लोग तो सबसे पहला जो इवेंट है वो हमारा फीडबिक इवेंट है जिसमें कि आप मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या है और क्या नहीं तो चलो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं यार तो भाई लोग जैसा कि आप देख रहे हो फीडबिक में हमें ये वाली ड्रेस देखने को मिल रही है जिसका लुक कुछ इस तरह से रहने वाला है इसमें आपको ये हेयर स्टाइल मतलब हेयर स्टाइल तो यार बिल्कुल लड़कियों की तरह लग रही है भाई लोग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये चोटी और ये जूते जूते वैसे ठीक है ये इसका पजामा और ये कोट मतलब पूरी ड्रेस ये है आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा उसके साथ ये बैकपैक मिलने वाला है हमें मतलब दो लेवल पे ऐसा है और एक लेवल पे ऐसा हाँ ठीक है वैसे बैकपैक भी लेकिन और हम पैराशूट भी आप देख सकते हैं सब बोर्ड आपको देखने को मिलेगी इसमें एक डायमंड रॉयल एक फेगमेंट देखने को मिल रहा है और इसी के साथ आप दो गन की क्रेड भी देखने को मिल रही है यहाँ पर तो भाई लोग कुछ इस तरह से ये वाला इवेंट होने वाला है ये जब ब्लू आर्टिकल बंडल का जो इवेंट है वो जाएगा उसके बाद ये आएगा तो भाई लोग आपको ये इवेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इवेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया है अब बात कर लेते हैं हम हमारे दूसरे इवेंट की तो दूसरा इवेंट जो है वो है भाई लोग इस का जी हाँ भाई लोग ये वाली इसकार अब वापस आपको आपकी गेम प्ले में देखने को मिलेगी पहले बहुत सारे लोग इस को ले चुके थे यार लेकिन काफ़ी लोग नहीं ले पाए थे तो फाइनली एक बार फिर से आ रही है ये स्कार तो अब जिस जिस को चाहिए वो परचेस कर लेना डायमंड बचा के रखना भाई लोग टॉपअप तो दबा के मारेगी ये अब देखते हैं ये कायम आई है अभी तो ये फीडबैक में बता रहा है इंडियन सर्वर में देखते हैं ये किस चीज़ में आती है तो भाई लोग ये स्कार का कुछ लुक इस तरह से होने वाला है जो कि पहले भी आ चुकी है कोई नई नहीं, नहीं है भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार और बेलाइकन जरूर प्रेस कीजिएगा मैं एवरीडे आपके लिए फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो और फ्री फायर से अपकमिंग स्पेशल अपकमिंग इवेंट की डिटेल लाता रहता हूं। आपको कहीं किसी अदर चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है आप अपने मध्य प्रदेश गेमिंग चैनल पर देख सकते हो जिसमें आप देख पा रहे हो कि इस पहले भी आ चुकी थी वैसे तो इसके साथ एक और यह लूट पैड लूट बॉक्स भी वही है जो पहले आया था एक्गमेंट है वो भी वही है जो पहले आया था मतलब पूरा इवेंट सेम ही है इसमें कोई चेंजेस नहीं है क्यूबिट स्कार हाँ क्यूबिट स्कार और दोनों सेम ही है वैसे तो अगर आपके पास क्यूबिट स्कार है तो आप भाई लोग इस पर डायमंड वेस्ट मत कीजिएगा मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि क्यूबिट स्कार और ये दोनों सेम ही चलेगी अब फोकट इसको लोगे और फिर इसको सात लेवल अपडेट करने में कम से कम पंद्रह डायमंड वेस्ट हो जाते हैं तो भाई लोग इस इसकार पर अगर आप डायमंड लगाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा अगर आपके पास क्यूबिट स्कार है तो अगर आपके पास कोई सी स्ार की गन स्किन नहीं है सही साट वाली तो हाँ आप फिर इस पर लगा सकते हो लेकिन अब जब आप इस स्कार को लोगे परचेस करोगे तो इसको जब उस टाइम तो आपको ये एक ही लेवल की मिलेगी इसको फिर जब आप अपडेट करोगे तो इसको पंद्रह लेवल अपडेट करने में आपको कम से कम पंद्रह हज़ार डायमंड लग जाएंगे भाई तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के टाटा बाय बाय टेक केयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई